राम दशरथ घरे जन्म में घराना हो तो ऐसा हो हो तेरा में दशरथ के घरे में घराना हो तो हो पिता की मान कर आज्ञा राम बने को चले जब पिताजी मान कर आज्ञा राम बने को चले जब राम बने को चले जबी न थोड़ा संग सीता ने न छोड़ा संग सीता ने जनाना हो तो ऐसा हो श्री राम दशरथ के घरे दन में घराना हो तो ऐसा हो जोगी का सिया को ले गया रावल बना करे भेस जोगी का बना कर भेस जोगी का कराया नाच तब अपना कराया नाच तब अपना दीवाना हो तो ऐसा हो फिर में दरथ के घर जन्मे घराना हो तो ऐसा हो करके गिराया बाण से बाली व्रीत सुगरी से करके गिराया बाण से बाली गिराया बाण से बाली दिलाई नार फिर सखी इलाई नार फिर वू याराना हो तो ऐसा हो की दस तरथ के घर जन्मे घराना हो तो ऐसा हो खबर लेने को लंका में गए हनुमान पिता की खबर लेने ने को लंका में खबर लेने को लंका में जला करके नगर आए जला कर के नगर आए सयाना हो तो ऐसा हो ग्राम दशरथ तो के घर जन्मे घराना हो तो ऐसा हो उतारा पार सेना को बाध से तू समुद्र में उतारा पार सेना को उतारा पार सेना को मिटाया मिटाला से रावण का मिटाया बंश रावण का हराना हो तो ऐसा हो श्री राम दशरथ के घर जन में घराना हो तो ऐसा हो दे विभीषण को अयोध्या लौट कर आए राज देकर विभीषण को अयोध्या लौट कर आए अयोध्या लौट कर आए ब्रह्मानंद बल अपना ओम ब्रह्मानंद बल अपना सिखाना हो तो तौवे राम दशरथ के घर जन में घराना हो तो वह तो राम दशरथ के घर जन में घराना हो तो ऐसा हो घराना हो तो ऐसा हो घर सन को लुग आए नजराना हो तो ऐसा हो गए घराना हो तो I don't know.